वेलकम बैक अस्सलाम वालेकुम असल वरह लबरक हम फिर से हाजिर हैं मैं मोहम्मद अतहर और आप देख रहे हैं हमारा नज़रिया यूट्यूब चैनल जी हां दोस्तों हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और हिस्टोरिकल वीडियोस बनाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अगर आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं और आप अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव नॉलेजिबल वीडियोज़ हिस्टोिकल वीडियोज़ और हिस्टोरिकल मोमेंट्स को जानना चाहते हैं आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए बेलाइकन को क्लिक करें और आप हमें सपोर्ट करें कि हम कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव नॉलेजबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ बनाते हैं ऐसे सवालों के जवाब हम आपके सामने लेकर आते हैं जो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है आज भी ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं जिनको जानने के बाद आप खुश हो जाएंगे तो चलो चलते हैं वक्त जाया किए बगैर तो जैसे तो तो कि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया की एट बिलियन आबादी हो चुकी है जी हां 2022 आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में एट बिलियन लोग रहते हैं सवाल यह होता है कि एट बिलियन लोगों में से कितने लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं कितने लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं दो के आंकड़ों के मुताबिक फोर पॉइंट आर यूजिंग इंटरनेट एंड सोशल मीडिया नेटवर्क परसेंटेज की अगर बात करें तो फिफ्टी अप्रोक्स सिक्सटी परसेंट global population are using internet and social media networks actively. जी हाँ पूरी दुनिया की आबादी का आधे हिस्से से ज्यादा internet का use करते हैं internet access करते हैं अब सवाल होता है हमारे देश इस प्यारे वतन के अंदर कितने लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं जैसे कि आप सभी जानते होंगे 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है अब सवाल होता है कि 140 करोड़ में से कितने लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं कितने लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं तो दो के नवंबर डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे देश में फिफ्टी से इंक्रीज होकर सिक्सटी पॉइंट में सोशल मीडिया यूजर्स हैं एक बात और आपको बता दूँ पिछले बारह महीनों में एनालिसिस के अकॉर्डिंग 190 मिलियन यूजर्स इनक्रेज हुए हैं जी हां इस आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन से नेटवर्क्स हमारे देश में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में सबसे सब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो हमारे देश के अंदर सबसे सब ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटा नेटवर्क है मेटा इज़ नाउ इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म जी हाँ मेटा इट्स थ्री ब्रांड फेसबुक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम मेटा ऐसा ब्रांड है मेटा ऐसी मीडिया कंपनी है जिसके थ्री ब्रांड हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सअप जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पूरी दुनिया की 8 बिलियन आबादी में से कितने लोग कौन से सोशल मीडिया नेटवर्क्स और प्लेटफॉर्म्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जी हम मंथली एक्टिव यूज़र्स डेटा के अकॉर्डिंग 2.9 पॉइंट बिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं टू बिलियन यूट्यूब यूज़र्स हैं टू बिलियन लोग व्हाट्सअप यूज़र्स हैं टू बिलियन इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं और वन बिलियन लोग वी चैट यूज़र्स हैं वन बिलियन टिक टॉक यूज़र्स हैं सवाल ये होता है हम लोग इंटरनेट का दुनिया की पूरी आबादी के आधे हिस्से से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं हमारे देश की आधी आबादी से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं अब हम लोग इंटरनेट का कैसे यूज़ करते हैं क्या हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या हम पर अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना आता है सवाल ये होता है कि हम इतनी बड़ी आबादी इतने बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का यूज़ किस तरह कर रहे हैं आप ये जानने के लिए कि सोशल मीडिया का सही यूज़ कैसे हो होता है सोशल मीडिया का कैसे सोशल मीडिया पर हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारे चैनल को शेयर करें सपोर्ट करें जी हाँ दोस्तों मिलते हैं इस तरह के सवालों के जवाब के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में